रचा है श्रेति जिस प्रभु ने वहीं चला रहे हैं वो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं रचा है श्रेति जिस प्रभु ने वही श्रेति चला रहे हैं इसी धरा से सब कुछ पाए इस धारा में सब कुछ समाए है सत यही धारा का है सत यही धारा का एक आ रहे हैं एक जान रहे हैं चा है त्रेती को दभु ने वही चला रही है जिन्होंने भेजा जगत में आना भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से जाना जिन्होंने भेजा है जगत में जिन्होन भेजा है जगत में वहीं फिर वापस बुला रहे चाहे थ्रे प्रभु ने वहीं चला रहे मेरा चाहे दृष्टि को जित प्रभु ने वहीं थ्रेती चला रहे बैठे हैं वो धान की बालियों में समाए ने दी में बैठे हैं वो धान की बालियों में समाय नेह दी में हर डाली हर पत्ते हर डाली हर पत्ते में समा कर फुल रंग रंगी खिला रहे हैं चचा हे है को तो जिस प्रभु ने मही चला चाहे थ्री को जिस प्रभु ने महीनेत्री की चला रहे हैं है तो है। जो पेड़ हमने लगाया पहले जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं रचाए श्रेती है रोजित प्रभु ने वहीं श्रेती चला रहे हैं रचा है श्रेति रोजित प्रभु ने वही श्रेति